दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अब आप अपने WhatsApp से किस प्रकार से आप राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए हम आपको एक नया तरीका यह है कि अगर आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट बना हुआ है तो अब आप अपना तत्काल ही कोई भी अगर डिजी लॉकर में आपने डॉक्यूमेंट इशू कर रखा है तो आप उसको तत्काल ही डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके लिए चलिए हम आपको एक प्रोसेस बताते हैं और एक जो गवर्नमेंट का जो नंबर है व्हाट्सअप का डिजी लॉकर का वो हम आपको दिखाते हैं और उसको डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अपने WhatsApp पर जाना होगा WhatsApp पर जाने के बाद आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट का नंबर है और इसमें गवर्नमेंट माय हेल्प डेस्क लगा भी हुआ है तो ये आप नंबर देख सकते हैं नब्बे तेरह पंद्रह पंद्रह नंबर है तो इसको आप अपने वाट्सपे सेव कर लें और सेव करने के बाद आपको इसपे एक चैट करनी है यहाँ पे आप हाय लिख कर के सेंड करेंगे तो वहाँ से एक रिटर्निंग मैसेज आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पास दो सर्विस हैं को सर्विस और डीजी लॉकर सर्विस तो आपको जो भी इसमें से सर्विस पसंद हो वो सर्विस आप चुन सकते हैं अगर आप कोविन सर्विस चुनते हैं तो इसमें स... कोरोना वगैरह के सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉक सर्विस चुनते हैं तो आपने जितने भी डिजी लॉकर पर सर्विस जो भी इशू कर रखा है आपने सर्विस वो यहाँ पे सर्विस आ जाएगी तो हमने डीजी लॉकर पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं आपसे पूछ रहा है वेलकम टू डीजी लॉकर सर्विस टू डाउनलोड इशू योर डॉक्यूमेंट अगर आपने डीजी लॉकर पे जो भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रखे हैं तो वो डॉक्यूमेंट ये आपको ईशू करेगा और पूछ रहा है डू यू हैव डिजी लॉकर अकाउंट क्या आपका डिजी लॉकर अकाउंट है तो अगर है तो यस करना है नहीं है तो आप यहां से नो कर देंगे तो कट जाएगा तो आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट है तो हमें यस करना है जैसे ही हम यस करेंगे तो वहां से एक रिटर्निंग मैसेज उस मैसेज पे आप देख सकते हैं ये आया है कि ग्रेट प्लीज़ एंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर विथआउट इन स्पेस तो बता रहा है कि आपको अपने आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करना है जो भी बारह अंकों का है बिना स्पेस दिए हुए तो चलिए हम अपना आधार नंबर दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों जैसे ही हम अपना आधार नंबर दर्ज करके इसको सेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं उधर से फिर एक रिटर्निंग मैसेज आएगा जैसे ही मैसेज आएगा तो उसी रजिस्टर्ड आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी भी आएगा तो ये देखिए प्लीज़ एंटर योर ओटीपी यूडीआई सेंड तो चलिए दोस्तों हम ओटीपी दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ओटीपी दर्ज कर दिया दर्ज करने के बाद हमको सेंड कर देना है तो जैसे ही हम सेंड करेंगे तो आधार का मेरा जो भी अकाउंट होगा वो अकाउंट यहाँ पर खुल जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ये अकाउंट आधार का खुल गया है और हमने जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच करके हमने करीब इसी तरीके से 21 सर्विस जनरेट कर रखी है जिसमें राशन कार्ड यूएन कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड कई चीज़ें हमने यहाँ पर ईशू कर रखी हैं तो हमको अब जो भी सर्विस इसमें से हमको चाहिए उसका पी फाइल तो हमको कुछ नहीं करना बस अगर मान लीजिए हमको राशन कार्ड डाउनलोड करना है तो देख सकते हैं आप राशन कार्ड की सर्विस ये राशन कार्ड की सर्विस ये 20 नंबर पे लगी हुई है तो हमको यहाँ पर केवल 20 लिख करके सेंड कर देना है जैसे ही हम सेंड करेंगे तो वहाँ से एक हमको पीडीएफ भेज दी जाएगी तो देखिए रिटर्निंग मैसेज आया है तो दोस्तों देख सकते हैं आप ये राशन कार्ड की में हमारे पास एक पीडीएफ आ चुकी है अब हमको इस पी को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हैं खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश इस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको पी पर खोलना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा राशन कार्ड ये डाउनलोड होकर के आ गया है अब हम इस राशन कार्ड को कहीं पर भी हम लगा सकते हैं और ये पूरे भारतवर्ष में मान्य है जिस तरीके एक औरिजिनल कॉपी होती है सेम ये ओरिजिनल ही कॉपी है और इसमें बारकोड वगैरह जितने भी सदस्य हैं उनके नाम और ये आप देख सकते हैं डिजी लॉकर वेरीफाइड इसका निशान भी लगा रहेगा वेरीफाइड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिजिटल सिग्नेट ऑन जिस तारीख को भी हमने इसको वो किया है तो आप देख सकते हैं 18 दस 2022 को हमने इसको जनरेट किया था तो ये वो जनरेट की डेट बीस में पड़ी हुई है तो दोस्तों आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको पसंद आया है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और आगे की भी जो वीडियो हैं हम आपको आगे भी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों धन्यवाद